तेरी ेरी तेरे दिन नलगे तुझे कितना चाहने लगे हम याद करके तो हैं क्या रही जा रहा ये बातें तुम ही कहते थे रही खुशियाँ नहीं के तुम ही वक्त कहते थे तुम्हारे जय गुजारा